मैं मैं हूं हूं और और और और ये ये ये है करीना और मैं और ये है करीना <laughs> तो ये लोग अभी डांस करेंगे देखते हैं कौन अच्छा डांस करता है जो अच्छा डांस करेगा उसको इनाम दिया जाएगा तो बड़ी वाली। हाँ चॉकलेट दी जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पहले डांस कौन करेगा तुम तीनों से पहले आरोप डांस करेगी इसका सॉन्ग है बावन बज का दामन ठीक है देखते हैं ええ <laughs> सेकंड प्रतियोगिता करीना डांस करके दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं इसका डांस तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तीसरे आपने अभी देखा हमारे तीनों प्रतियोगी का डांस तो हमारे आज के फर्स्ट विनर हैं अंशिका मानेश्वर सेकेंड विनर है आरोग जउंजारे और थर्ड विनर है करीना कपूर तो अब तीनों को क्या है चॉकलेट इनाम पे दिया जाएगा तो ये आरो आप करीना ये सेकेंड इनाम और ये थर्ड इनाम तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय कर